तो गैस आज जो रिडीम कोड देने में लोग उस रिडीम कोड का आपको कहाँ रिडीम करना गैस मैं आज को बताऊंगा तो एंड कैसे आपको गूगल पे आ जाना गैस गूगल पे आने बहुत के बाद गैसे बोल जाएगा ये प्रॉब्लम होता है कि नहीं भा... यहाँ पे रिडीम नहीं कर पाता ठीक है तो गैस यहाँ पे रखता था बारहवीं क्लास यहाँ पर कैंसिल हो चुका है एंड आपको यहाँ पे गूगल पे आना है सर्च पर आना दोस्त आपको आसानी से यहाँ रिडीम कर सकते हो गैस जी हाँ गैस मैं जो रिडीम कोड यहाँ पे एफ रिवॉर्डर लिखना है आपको यहाँ पर एफ रिवॉर्डर लिख के बाद आपको सर्च करना गैस अगर वीडियो को मिस कर दोगे तो बहुत बड़ा मिस कर दो आपको यार बहुत बड़ा ठीक है तो मैं आपको रिडीम कोड भी बताऊँगा एंड आपको कुछ करना नहीं हो ठीक है तो यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट को क्लिक करना मेरे भाई यहाँ पे देख सकते हो तो फर्स्ट वेबसाइट को यहाँ पे गड़ी लिखा हुआ है एंड यहाँ पे क्लिक करना जो मजा कुछ अल, अलग ओपी भाई यहाँ पे ओपी मजा आने वाला ठीक है तो देखो आपको यहाँ रीडिंग कैसे करना है एंड यहाँ पे बहुत सबका कर... अन् कैसे यहाँ पे बहुत से आपको ये प्रॉब्लम होता है कि गैसे यहाँ पे यही आता ठीक है तो कैसे मेरा भी मूड खराब हो जाता था पहले पहले तो देखो आपको इसको कैसे हटाना है मैं आपको बता दूँ गैस वीडियो को लास्ट तक देखो सबसे सब पहले तो यार फेसबुक से लॉग इन यार आप लोग को लॉग कर लो यार तो कैसे अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करो नीचे रट कल का बटन दिख करो आपको यार, यार उतना इंतजार में कर रहा हूँ यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा जो यहाँ पे जो यहाँ पे इस प्रकार आ जाता है तो यहाँ पे बोल रहा है कि गैसे आपको देखो यहाँ पे जो भी कोर्ट है ना इसको मैं आपको इस वीडियो में दिखा दिखा दिखा दूँगा कौन सा कोर्ट है और आप लोग इसको रिड्यूम कर ठीक है तो यहाँ पे बोला गया इसकी 12 बजे बात कर सकते हो आप लोग भाई मैं आपको समझा चुका बहुत पहले वीडियो में भी बता बताया हूँ ठीक है तो यहाँ पे 12 बजे बाद ही आप लोग कर सकते हो यहाँ से रिड्यूम ठीक है तो अब बत है आप बताया को गया कैसे लेना बताऊँगा रिडीम कोड के बारे में ना तो आप आप क्या तो आपको यहाँ पे रियल जो यहाँ पे कौन रीडूम कर सकेगा पता है जो बंदा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सेलेक्ट कर लाइक करके रखा ना उसे वही बंद मेरा यहाँ पे रिडीम कर सकेगा और आसानी से आप लोग उस रिडीम कोड को ले सकते हो जी हाँ इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा रिडीम कोड एंड आपको स्क्रीन पर दिखा होगा एंड आप लोग नोट करते जाना और आसानी से आप लोग यहाँ पर रिडीम कर सकते हो तो गैस अभी तक यार को नहीं किया तो यार नीचे कितना इस वीडियो में बस यार दो सो लाइक कंप्लीट करने बोला आप लोग ज्यादा से ज्यादा दो सौ लाइक कंप्लीट करना मैं आपसे कुछ नहीं बोलूंगा ठीक है तो दो सौ लाइक ज्यादा कंप्लीट करना आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग दो सौ लाइक कंप्लीट करना ठीक है और हाँ कैसे इसमें कोई भी प्रॉब्लम होता है इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो कैसे नीचे लिंक मिलेगा जाएगा इंस्टाग्राम का तो जैसे जल्दी से जाओ इंटाग्राम पे मुझसे फॉलो कर कोई एड्रो वगैरह पता है तो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो मैं आपको रिप्लाई देने का बहुत कोशिश करूँगा ठीक है तो गैस एड्रो वगैरह पता तो मुझे इंस्टाग्राम पर जोर से जो, जो आपको लिंक डिस्प्शन बॉक्स में दिया हुआ है एंड इंटाग्राम पर जोर से जोर एक बार फॉलो कर लीजिएगा ठीक है और गैस टेलीग्राम चैनल पर मेरा ज्वाइन नहीं है तो कैसे वहाँ पर जॉइन कर लेना कैसे वहाँ पर ओ पी लेवल वाला मतलब किया बहुत कुछ जो भी न्यू रीडिंग कोड वगैरह आता ना कैसे वहीं पर मैं देता हूँ वहाँ पर भी मिल जाएगा फलो कोड ठीक है तो तो इस दोनों पे आप लोग करना सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो नीचे का बटन आपको इंतजार कर... इंतजार कर रहा है ठीक है तो वीडियो देखने के वीडियो दे में बहुत धन्यवाद